शिवराज सरकार ने किसानों के लिए एक और खुशखबरी दी है सरकार ने प्रदेश में चना मसूर और सरसों की फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। यह रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी तक किए जाएंगे कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसानों का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदेगी किसान घबराए नहीं प्रदेश के किसानों के लिए शिवराज सरकार की ओर से एक और अच्छी खबर आई है सरकार ने 1 फरवरी से 25 फरवरी तक किसानों की चना मसूर सरसों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है कृषि मंत्री कमल पटेल ने लगातार तीन ट्वीट किए और जानकारी देते हुए बताया की चना की समर्थन मूल्य पर खरीदी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होगी मसूर सैतीस जिलों में और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी उनचालीस जिलों में की जाएगी ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित सुविधा केंद्र और जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा पर पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था की गई है इन स्थानों पर किसान पंजीयन करा सकते हैं इसी तरह तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर और एमपी पी किसान एप पर व शुल्क देकर किसान पंजीयन करा सकते हैं एम ऑनलाइन क्यों